जिस दिन का हमको रहता इंतजार है ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्यौहार है जिस दिन का हमको रहता इंतजार है ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्यौहार है ये दिन मुबारक तुमको सौ बार है बार बार है बार बार है जिस जिसमिन काम को रहता इंतजार है ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्यौहार है जितने तारे कदमों में हो तेरे सारे अंबर में जितने तारे कदमों में हो तेरे सारे फूलों महके हर पल समय यू ही बहार तेरी हर एक हंसी पे जग सारा निसार है हर बार है बार बार है दिन का हमको रहता इंतजार है ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्यौहार